जिला है जमुई इसे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए इस पे डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं देखिए पीडीएफ लोड ले रहा है देखिए सबका पीडीएफ डाउनलोड हो गया है यहां पे नाम है आधार नंबर यहां पे है चार डिजिट डिजिटी दिया है आपका ब्लॉक भी दिया है पंचायत ग्रामीण पंचायत भी दिया है अब अपना नाम चेक कर सकते हैं आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नेवाद